नमस्कार मित्रों मैं विक्रांत ट्रेनिंग विभाग से और आज हम देखेंगे कि यदि किसी कस्टमर द्वारा सी ऑर्डर लगता है एनिवर्सरी ऑफर के अंतर्गत तो किस प्रकार से बी पी ऑर्डर द्वारा लगाई गई 50 परसेंट पेमेंट को रिसीव करेगा तो सबसे पहले बी पोर्टल पर हम लॉगिन कर लेते हैं लॉगिन करने के लिए हमेशा की तरह हम लॉग इन ID और पासवर्ड डालकर अपना बीपी पोर्टल करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आईडी डाल दी है और मैंने अपना पासवर्ड भी यहाँ पर डाल दिया है और इन कर दिया है अब बीपी पोर्टल खुल चुका है आप देख रहे हैं यहाँ बीपी पोर्टल खुल चुका है यहाँ पर सर्विसेज के टैब के अंदर आपको माई कस्टमर ऑर्डर्स का टैब मिलेगा जिसे आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर कस्टमर द्वारा लगाए गए सभी ऑर्डर्स आपके द्वारा देखे जा सकते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑर्डर है जो कि कस्टमर द्वारा लगाया गया है उसके आगे एक डॉलर का साइन आ रहा है इस साइन पे हमें क्लिक करना है क्योंकि ये वही ऑर्डर है जो सी पर लगा है अब आप देख सकते हैं कि चार हजार के ऑर्डर के ऊपर हमें कम से कम दो रुपए तो लेने ही है हम इन रुपयों को घटावा बढ़ा भी सकते हैं माफ कीजिएगा, इस एडवांस यहाँ पर मैंने फिर से एक डॉलर के साइन पर क्लिक किया आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे लिख के आ रहे पार्सली पेड दो हजार रुपए रिसीव हो चुके हैं और उन्नीस बचे हुए हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीपी पोर्टल पर किस प्रकार से रुपए प्राप्त करते हैं नमस्कार